हो नही कया यार सोल्ला मुसलमान गया पीबल a इला इल्लल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 सल्लासलम बाला अलोला बेकमा का शफफो जामी ओ ही, ही सही सलो फैसले ये बड़े नसीब की बात है बाला अलोला बेका माल ही का शफ दो जाब सुन जमी सलमवान ही व सहाब ही, ही वसलिम तस्लिमा